हाँ? तू गर्ल है ना हाँ और मेरी फ्रेंड भी है हाँ? तो गर्ल और फ्रेंड मिलके तू मेरी क्या बनी बहन बहन है